असलकम वरहत लि वरकू दोस्तों मैं हूं उमर अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल उमर अली अमलियात अमलिया आज आप भाइयों की खिदमत में एक बहुत ही लाजवाब तस्माती कलम का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ इस कलम से आप जो भी लिखोगे वो ही सौ होगा ये एक ऐसा कलम है इस क़लम से आप जो भी किसी का अच्छा बुरा काम पूछकर लिखते हैं वैसा ही होगा इस कलम में बहुत सारी गैबी ताकतें मौजूद हैं आपने वीडियो को गौर से सुनना और समझना मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो 100 फीसद मकम्मल ठीक होती है ये अमल आपको दुनिया के किसी भी किताब से नहीं मिलेगा ये बहुत ही बड़ा दिल का राज है मैं अपने तमाम व्यूज़ और सब्सक्राइबर को इस अमल की इजाज़त आम देता हूं। ये मल आपने नो चंदी जुमेरात वाले दिन ग्यारह बज के मिनट पर या जो स्क्रीन के ऊपर आपको तवीज़ नज़र आ रहे हैं ये आपने लिखने हैं पाँच हज़ार और रजाना आपने ये अमल करना और साथ में आपने तवीज़ लिखते लिखते या का या मकीतु या जलीलू लातदाद पढ़ते रहना ये आपने तीन दिन अमल करना है और जन या आपने पांच हजार ये तवीज लिखने हैं बस और आपने लगातार अमल करना है कोई गलती नहीं करनी यह लिफाज जिस कलम से लिखने हैं इस कलम पर आपने दम करते रहना है और जो तवीज लिखने थे इन तवीज़ों को आपने आटे की गोलियाँ बना लेनी हैं उनमें पैक करके दरिया में बहा दें और वो गोलियाँ दरिया में बहा के वापस आ जाएं, इन अल्लाह के कलम से इस कलम से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो तो मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखो अल्ला हाफिज़